वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में क्या खाएं? आज हमारा वीडियो इसी बात को लेकर है कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहरा मचा दिया है इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है एक मई से तो अठारह वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी कोरोना का टीका लगवाने से पहले और टीका लगवाने के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इस बारे में जानना बेहद जरूरी है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें अगर आप कोविड का टीका लगवाने जा रहे हैं तो आप खूब पानी पिए तरबूज खीरा ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन करें जिससे वैक्सीन की वजह से होने वाली साइड इफेक्ट्स की आशंका को कम किया जा सके कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जहां तक संभव हो स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन करा से से के सी डी सी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो कुछ लोगों को वैक्सीन के बाद बेहूसी जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं ऐसे में भरपूर पानी पीने और हेल्दी डाइट का सेवन करने से एंजाइटी और बेहोशी जैसी दिक्कतों को रोका जा सकता है कृपया आपसे निवेदन है कि किसी भी उपाय को करने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह अवश्य लें बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कदम न उठाएं। और हाँ वैक्सीन के बाद भी मास्क और छ फीट की दूरी वाले नियमों का अवश्य पालन करें